दोस्तों मारुति सुजुकी ने अपने स्विफ्ट मॉडल के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च किया है जिसकी एक्सोल कीमत है पाँच लाख तिहत्तर हज़ार से आठ लाख सत्ताईस हज़ार के बीच इस गाड़ी में कुछ बदलाव किए गए हैं जो इस गाड़ी को और भी खास बनाते हैं चलिए इस वीडियो में इन बदलावों को एक एक करके जानते हैं कि वो क्या क्या बदलाव हुए हैं एक्सटीरियर वाइज बात करें तो सबसे पहला जो बदलाव किया गया है वो इस गाड़ी के फ्रंट बम्पर की ग्रिल में किया गया है पहले इस गाड़ी में जो ग्रिल दी जाती थी वो एक लीनियर पैटर्न में या लाइनिंग पैटर्न में दी जाती थी लेकिन नई स्विफ्ट में क्रॉस मैश पैटर्न की ग्रिल के बीचों बीच एक क्रोम की बोल्ट लाइन दी गई है जो गाड़ी को एक स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करती है ग्रिल में हुए इस बदलाव के कारण गाड़ी की लंबाई पाँच एम mm ज़्यादा हो गई है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी के केबिन स्पेस में कुछ बदलाव हुआ है वो एज इट इज पहले जैसा ही रहेगा गाड़ी में ऑटो फोल्ड ओ भी इस बार दिए गए हैं जो पहले की स्विफ्ट में नहीं थे एक्सटीरियर में केवल ये तीन ही चेंजेस देखने को मिलेंगे अब बात कर लेते हैं इंटीरियर की तो उसमें भी कई बदलाव किए गए हैं पहला बदलाव है मल्टी कलर्ड इन्फो डिस्प्ले जो टॉप एंड वेरियंट में ही देखने को मिलेगा यह एक मल्टी फंक्शनल फीचर के साथ आया है जो इस सेगमेंट की गाड़ी में नहीं मिलता टॉप एंड वेरियंट्स में क्रूज कंट्रोल सिस्टम भी देखने को मिलेगा और गाड़ी के फ्रंट टू सीट्स को ज़्यादा स्पोर्टी लुक के साथ डिज़ाइन किया गया है और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया गया है गाड़ी के म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो स्मार्ट प्ले स्टूडियो दिया गया है विद फैदर टच रेस्पांस इंजन की बात करें तो गाड़ी में ग्यारह सौ का के सीरीज़ का ड्यूल जेट वी इंजन है जो 88.50 पॉइंट की पावर जनरेट करेगा 2020 की शिफ्ट के मुकाबले 6.70 पॉइंट ज़्यादा पावरफुल है टॉर्क की बात करें तो 4400 सौ पर 113 सौ का टॉर्क जनरेट होगा लेकिन पहले यही टॉर्क बयालीस सौ पर जनरेट होता था नई शिफ्ट 2021 वर्जन में आपको एक और आकर्षक फीचर मिलेगा जो है इडल स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्नोलॉजी मीन्स अब गाड़ी अगर रेड लाइट या ट्रैफिक में फंसी हो तो कार का इंजन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा फिर जैसे ही क्लच दबाएंगे इंजन फिर से स्टार्ट हो जाएगा तो है ना कमाल का फीचर अब बात करते हैं गाड़ी के माइलेज की तो ये जो अभी आपने इडल स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्नोलॉजी के बारे में सुना इसी के कारण गाड़ी का माइलेज भी दो से लेकर तीन किलोमीटर तक ज़्यादा बढ़ चुका है गाड़ी में जो पहले शिफ्ट थी उसमें हमको 21.21 किलोमीटर .21 पर लीटर का एवरेज मिलता था लेकिन अब 2021 की शिफ्ट में हमें लगभग तेईस किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलेगा गाड़ी के सेफ्टी फ़ीचर्स में भी कुछ फीचर्स ऐड हुए हैं ड्यूल एयरबैग और एबीएस विद एबीडी के साथ साथ इस बार ईएसपी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट ये दो सेफ्टी वाइज फीचर्स ऐड हुए हैं और गाड़ी के कर रेट की बात करें तो गाड़ी के कर रेट में इस बार लगभग पच्चीस के एक्स्ट्रा ज़्यादा कर वेट हुआ है जो दो हज़ार बीस की स्विफ्ट में लगभग आठ सौ पचपन के से लेकर आठ सौ अस्सी के के बीच हुआ करता था लेकिन अब ये दो हज़ार इक्कीस की स्विफ्ट में आठ से लेकर नौ सौ हो गए हैं कलर्स ऑप्शन की बात करें तो हमें 2020 में सिक्स कलर्स अवेलेबल मिलते थे उनमें से है परल मेटेलिकूसेंट औरेंज मेलिक सिल्की सिल्वर मेटेलिक मेगमा ग्रे सॉलिड फायर रेड परल मेटेलिक मिड नाइट ब्लू परल आर्कटिक वाइट इन्हीं छः कलर ऑप्शन के साथ अब हमको तीन ड्यूल ड्यूल टॉन कलर भी मिलेंगे रेड कलर विध ब्लैक रूफ वाइट कलर विध ब्लैक रूफ ब्लू कलर विद वाइट रूफ ये ड्यूल टॉन कलर ऑप्शंस आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट्स में ही मिलेंगे इन्हीं बदलाव के साथ गाड़ी के प्राइस रेंज में भी बदलाव हुए हैं जो कि आपको वेरिएंट्स वाइज 15000 से लेकर 24000 अधिक पे करने होंगे आपको जहां पहले पाँच लाख उनचास हज़ार से शुरू होकर आठ लाख दो हज़ार तक शिफ्ट मिलती थी लेकिन अब आपको यही शिफ्ट बदलाव के साथ साथ पाँच से शुरू होकर आठ लाख सत्ताईस हज़ार तक मिलेगी दोस्तों कैसी लगी आपको ये नई स्व कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद